हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड आज है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अगस्त और पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं कि पूरे अगस्त के महीने में इस दो दिन में हमें मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिली है आज मॉर्निंग में मतलब कि आज ट्वेंटी थर्ड अगस्त को भी मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था वो नेगेटिव में था बट फिर थ्री आते आते मार्केट हमें ग्रीन में क्लोजिंग दिया है पिछले दो दिन में एफ ने थोड़ा सेलिंग ज़रूर किया है लेकिन पिछले कुछ दिनों में से बहुत ज़्यादा ही मार्केट ऊपर बढ़ गया था आरएसआई भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास था तो थोड़ा तो तो तो तो करेक्शन होना बनता था लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये करेक्शन यहीं रुक गया है या इससे ज़्यादा और करेक्शन नहीं होगा या ये भी कोई नहीं बता सकता कि अभी करेक्शन और होना बाकी है या यहाँ से मार्केट यू टन लेगा निफ्टी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए चार्ट के हिसाब से हमने पहले भी डिस्कशन किया है आप चाहे तो वो वीडियो वॉच कर सकते हैं हमारे प्ले में जा एंड आज हम लोग एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि साइक्लिक सेक्टर से बिलोंग करता है अब हम लोग साइक्लिक सेक्टर को अगर चूज़ करते हैं तो ऑबली ये जो हमारा स्टॉक रहेगा ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है ये बस ट्रेडिंग पर्पस के लिए है आप सपोर्ट पे शेयर को बाई कीजिए और जब रेजिडेंस आता है उस समय आप आराम से वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं ये तो हुआ आ, मैंने जैसा बताया कि हम साइकिल सेक्टर के, के बारे में बात करें तो जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है श्री रेणुका शुगर तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं हमने जो आज शेयर चूज़ किया है वो श्री रेणुका शुगर है जिसका मेनली जो बिजनेस है वो शुगर का है इथेनॉल का है और पावर का है शुगर का मतलब कि गन्ने का ये फार्मर से गन्ना लेते हैं फिर उसको डेंड करते हैं जिससे कि गन्ने का जो रस होता है वो अलग हो जाता है उसे इथेनॉल फिर प्रोड्यूस होता है एंड फिर जो उसका रशिड्यूल बच जाता है फिर उसको हम पावर में भी यूज़ करते हैं तो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ भी आया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइड से कि लाइक फार्मर्स जो लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए बिल पे नहीं कर पा रहे थे तो वो शुगर कंपनी को बोला गया कि आप खुद अभी आ, फ़ार्म से वो जो पैसा है उनका उधार है बिजली बिल वो आप कंज्यूम कीजिए आप लीजिए तो ये थोड़ा अजीब सा न्यूज़ था बट इट्स ओके देखा जाता है देखा जाएगा कि फ्यूचर में क्या होता है फर्दर क्या डिस्कशन होता है अभी अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो इंडिया में कंपनी के टोटल छः शुगर मिल हैं और वहीं पर दो शुगर रिफाइनरीज भी हैं अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करें तो कंपनी जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सूगर से एथेनॉल से और पावर से कंपनी का मेन रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है 2018 में 93 परसेंट कंपनी का रेवेन्यू सुगर से आता था वहीं पे 2021 में मतलब कि लास्ट ईयर 80 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू जो कंपनी का आया है वो सुगर से आया है अगर इथेनॉल की बात करें तो दो में बस पाँच का जो रेवेन्यू है वो इथेनॉल से आता था लेकिन वो दो में बढ़ के 11% परसेंट तक रेवेन्यू इथेनॉल से जनरेट हुआ है ये बिकॉज ऑफ पेट्रोल के रेट में जो हाइक हो रहा है अब इथेनॉल का और पेट्रोल का क्या स्टोरी है कैसे उसको ब्लेंड किया जाता है कैसे उसको इथेनॉल को यूज़ किया जाता है उसके लिए एक अलग वीडियो है आप चाहे तो उसको भी वॉच कर सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और थर्ड जो हमने डिस्कशन किया था कि पावर सेक्टर से भी कंपनी को प्रॉफिट होता है कंपनी को रेवेन्यू मिलता है तो 2018 में 2 परसेंट तक का मिलता था और वहीं पे 2021 में 9 परसेंट मिलना स्टार्ट हो गया मतलब कि कंपनी पावर सेक्टर में भी अब तक पैर पसार रही है आप ऐसा बोल सकते हैं शुगर से कंपनी का रेवेन्यू घटा है बट इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का 5 परसेंट से 11 परसेंट और वहीं पे पावर एंड कंजेंेशन का दो परसेंट से लेके नौ परसेंट मतलब कि इन दोनों में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है लेकिन शुगर का जो रेवेन्यू सुगर से जो रेवेन्यू आता था उसमें अगर देखा जाए तो हमें एक हल्का गिरावट देखने को मिला है नेक्स्ट अगर हम रेणुका शुगर के प्राइस के ऊपर उसके रिटर्न के ऊपर बात करें तो पिछले एक सप्ते में कंपनी ने कुछ ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिया है जो पॉइंट है लेकिन पिछले एक महीने में आठ परसेंट का गिरावट है कंपनी में और वहीं पे पिछले तीन महीने में भी कंपनी का पाँच परसेंट से गिरावट आया है अगर एयरटेल डेट देखें तो बावन परसेंट तो की बढ़ोतरी है एक साल में कंपनी ने शानदार एक सौ परसेंट का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और वहीं पे तीन साल में पाँच के करीब का ये रिटर्न जनरेट करके दिया है आप बोल सकते हैं कि पैसा छह गुना हो गया है अपने इन्वेस्टर्स का जो भी पिछले तीन साल पहले इसमें अपना पैसा लगाए थे लेकिन वहीं जिन्होंने तीन महीना पहले लगाया था उसके लिए पाँच परसेंट का नुकसान है और जो लोग तीन साल पहले लगाए थे उनके लिए ऑलमोस्ट छः सौ परसेंट का प्रॉफिट है नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में ये चार्ट बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है ये जो आ, ये जो चार्ट है बहुत लोग समझ नहीं पाते तो सिंपल लैंग्वेज में मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक साइकिल सेक्टर है साइकिल प्रोडक्ट है इसमें अभी हमारा चल रहा है जून मतलब कि अगस्त चल रहा है जो लास्ट हमारा रिजल्ट आया है वो जून में आया है यहाँ देखिए जून दो में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बा, बावन था वहीं पे अगर जून 2021 में देखें तो वो नेगेटिव में 90 के करीब था वहीं पे जून 2020 में देखें तो वो 116 था और वहीं पे जून 2019 में देखें तो नेगेटिव में 245 था अब जून के बाद जो क्वार्टर आता है वो आता है सितंबर का क्वार्टर अगर हम अभी से लेके कर नेक्स्ट नंबर के क्वार्टर तक का वेट करें तो यहाँ पर दो में देखिए दो माइनस 245 से माइनस 53 पे आया मतलब कि बहुत अच्छा कंपनी ने मेहनत किया और वहाँ से हमें एक अच्छी उछाल देखने को मिला वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें ये वाले 2020 में तो 2020 के जून में भी 116 सो का 116 सो करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट की थी और वहीं पे सितंबर में 130 तो यहाँ पे भी हमें क्वार्टरली बेसिस पे एक जम देखने को मिला दो में भी जम देखने को मिला और साथ में दो में भी हमें जम देखने को मिला वहीं अब हम बात करते दो हज़ार में तो 2021 में भी -88 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था लेकिन वो नेक्स्ट क्वार्टर में बैठ के पॉजिटिव 35 करोड़ का पहुंच गया तो ऐसा ही अगर हम मान के चले तो अभी जो हमारा बावन करोड़ का प्रॉफ़िट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ये है कि आ, नेक्स्ट जो भी नंबर्स आएंगे ये इसके कंपेयर में अच्छे होने चाहिए तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिमाग में रखना है कि हम किस तरह से कंपनी के चार्ट्स को किस तरह से कंपनी के क्वार्टरली या एनअली रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं ये हुआ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात अगर वहीं पे हम प्रॉफिट लॉस की बात करें ईयरली बेसिस पे तो 2010 से लेके 2022 तक कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं आया है कंपनी में दो में कंपनी आठ करोड़ का आ, सेल्स करती थी वहीं पे अभी साढ़े छः हज़ार करोड़ का कर रही है घटा है एक्सपेंस अगर देखा जाए तो वही साढ़े छः हज़ार करोड़ का था और अभी छः हज़ार करोड़ का है तो ये भी ऑलमोस्ट उतना ही है तो अगर देखा जाए ना तो ओवरऑल किसी में भी हमें ज़्यादा उतार चढ़ाव या ज़्यादा चेंजेस uh, देखने को नहीं मिला है इसलिए कहते हैं कि साइकिलिंग जो कंपनीज रहती है जो साइकिल सेक्टर रहते हैं उसमें आप इन्वेस्टिंग ना करें आपको करना है आप ट्रेडिंग कीजिए पोजिशनली ट्रेड लीजिए स्विंग ट्रेड लीजिए और वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए कंपनी की अगर रेवेन्यू की हम बात करें तो 2018 में एक बार कंपनी में फॉल आया था बिकॉज ऑफ़ उसके अगर हम 19 से देखें तो 2019 से लेके कंटिन्यूस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है 2019 में साढ़े चार का था 2020 में 4800 का हुआ वहीं पे 2021 हज़ार में छप्पन का हुआ और दो में ये सीधे चौंसठ का हो गया तो एक अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 2019 से लेके 2022 के बीच में और जो इस कंपनी में मुझे बात खटक रही थी वो है डेट कंपनी का डेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है यहाँ पे लोग हैं कि अपना कर्जा घटा रहे हैं लेकिन कंपनी अभी अपना कर्जा और बढ़ाते जा रही है पहले जहाँ -1 का हुआ करता था वो बढ़ते बढ़ते अभी माइनस का पहुँच गया है तो और जब से ये आर ने रेट हाईक किया है तो इस सब कारण से ऐसा लगता है कि दो हजार का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कंपनी का डेट और भी ज़्यादा बढ़ गया होगा तो ये चीज़ भी हमें प्रूव करता है कि आपको ऐसे सब ऐसे सब स्टॉक में ऐसे सब सेक्टर में साइकिल सेक्टर में स्पेशली कि आपको इन्वेस्टिंग करके नहीं रखना है आपको बस यहाँ पर ट्रेडिंग करना है नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्नस की तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा 62 परसेंट का स्टेक है कंपनी में एफआईआई मात्र 1.28 परसेंट का होल्ड करते हैं डी के पास 11 परसेंट है पब्लिक के पास 25 परसेंट का स्टेक है और बाकी जो है अदर्स के पास 0.01 जो कि बिल्कुल ही नेगेलिजिबल है तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक के पास है नेक्स्ट हम पी के साथ अगर कंपेरिजन करें तो ये वर, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो नंबर वन पे अभी आ रही है 9700 करोड़ की कंपनी है एट पैरी जो सेकंड में आता है वो 9400 करोड़ की कंपनी है बलरामपुर चीनी 7000 हज़ार त्रिवेणी इंजीनियरिंग पाँच और वहीं पे आ, ये बलरामपुर चीनी है शायद नहीं ये जो भी कंपनी है ये तीन हज़ार मतलब अगर देखा जाए तो रिनाउंड में ये चार पांच कंपनी है जिसमें आप जिसमें आप जान सकते हैं कि हाँ आप मतलब आप पोजीशन बनाने का अच्छी कंपनी सोच के आप इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं कंपनी के अगर हम ईय का परफॉर्मेंस पे चले तो जहाँ पर श्री रेणुका शुगर ने हमें एक साल में सौ परसेंट का रिटर्न दिया है वहीं पे एट पैरी थर्टी का रिटर्न दिया है बलरामपुर चीनी अभी निगेटिव नहीं चल रहा है और वहीं पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स 45 परसेंट का रिटर्न बना के दिया है अगर कंपनी के नेट सेल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल्स जो करता है वो इट तारीख किया है 23000 करोड़ का वहीं परेुका का 6000, बलरामपुर चीनी 4000 और त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स भी 4000 हजार के करीब का सेल्स करता है जैसा हमने पहले स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि कंपनी का डेट काफी ज्यादा है तो इसमें भी अगर हम पीएस के साथ कंपेरिजन करते हैं तो पीएस के साथ कंपैरिजन करने में भी कंपनी का डेट अभी सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा श्री रेणुका नहीं डेट लिया है तो इस कारण से आ, ये चीज़ आपको थोड़ा तो ध्यान में रखना है अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये आ, हमारा खत्म होता है अब जो मेन आता है कि आपको अगर पोजीशन बनाना है तो कौन से पॉइंट पर आपको पोजिशन बनाना स्टॉप लॉस क्या होगा आपका टारगेट क्या होगा ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये सब डिस्कशन के लिए हम चलते हैं श्री रेणुका शुगर के चार्ट पे तो मैंने आज ये स्टॉक पहले क्यों चुना तो सबसे पहले तो ये देखिए ये आपके स्क्रीन पे वीकली चार्ट है कि पिछले दो तीन महीने से मतलब कि देखा जाए तो अप्रैल अप्रैल मई से लेके अभी तक मई जून जुलाई अगस्त चार महीने से कंपनी का शेयर प्राइस यहीं पे घूम रहा है इधर उधर ही घूम रहा है लेकिन क्या है कि यहाँ पर कंपनी ने अपना बेस बनाना बनाया है दो तीन बार यहाँ से शेयर प्राइस नीचे आया था लेकिन कभी भी इसने क्लोजिंग नहीं दिया और अभी अगर यहाँ पे हम अपना पोजीशन बनाते हैं और यहाँ अगर इसमें हम इतना इस स्टॉप लॉस भी रखते हैं तो आप पैंतालीस रुपये में अपना पोजीशन बना रहे हैं चालीस रुपये के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो कुछ ज़्यादा आपका बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है तो 10 से 12 परसेंट का स्टॉप लॉस आपका बनता है वहीं पर अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो आप एक ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है वो ले चल सकते हैं जो कि सिक्सटी फोर का है यहाँ पे पोजीशन बनाने का एक और जो आ, मुझे लगता है नेसेसिटी है कि ये जो आ, हाई था ये अभी इसके सपोर्ट का काम कर रहा है जिसके कारण से आप देखिए यहाँ पे बहुत बार स्टॉक आके रुका है लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है तो इस कारण से भी हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना स्टॉक में पोजिशन बना सकते हैं फोर्टी के आसपास विद द स्टॉप लॉस ऑफ थर्टी से फोटी का लेकिन कब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग नहीं दिया है तो अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है तभी हमें यहाँ से एग्जिट लेना है आई होप आपको चार्ट का पैटर्न समझ में आया होगा कि इस स्टॉक को हमने अभी इस टाइम पे क्यों चूज़ किया है तो एक तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा कम है और साथ में टारगेट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है ये तीन चार रीज़न और पहले जो हमने स्लाइड्स में देखा था कि कंपनी uh, का जो सितंबर का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें हमें उम्मीद है कि अच्छे नंबर्स आने वाले हैं और जब uh, अगर आप पोजीशन के लिए पोजिशन या स्विंग ट्रेड करते हैं तो रिज़ल्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है अगर आप कॉन्फिडेंस है किसी कंपनी के ऊपर और जिस समय कंपनी का रिज़ल्ट आने का रहता है उसके एक दो दिन पहले अगर आप कंपनी में अपना पोजिशन बनाते हैं और रिज़ल्ट आने के बाद कंपनी का अच्छा मूव आपको देती है जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं मेरा आज का वीडियो यहीं तक था आई होप आपको श्री रेणुका शुगर के बारे में पता चला होगा कि आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आ, मैं दो वीडियो का लिंक भी दूंगी जो आप वॉच कर सकते और साथ में वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते फॉर डेली कॉल्स आई होप आपको अनालसिस पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केयर